हम लोग 2019 में 3 जनवरी को जब सावित्रीबाई बाई फूले पर बात करने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि ये कार्यक्रम बिना किसी जोखिम के हो रहा है और जब मैं जोखिम कह रहा हूं तो उसका संदर्भ सीधे सावित्रीबाई से जुड़ता है जिस विश्वविद्यालय की इमारतों के बीच यूथ फॉर सोशल जस्टिस जैसे संगठन 2006 से सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं इन इमारतों में ही जिनकी बुनियाद इसलिए रखी गई थी कि जो मुल्क दरअसल एक मुल्क था ही नहीं बाबा साहब ने जब संविधान के रूप में इसे एक मुकम्मल मुल्क बनने का दस्तावेज तैयार किया उसके बाद दरअसल जो अड़चने थी वो हमारे समाज की थी बौद्धिक तबके की थी और उस मुकम्मल मुल्क बनने की प्रक्रिया में जो बुनियाद का, का काम करना था जिन कुछ संस्थानों को उनमें विश्वविद्यालय सबसे प्रमुख थे यही से पीढ़ियां तैयार करना था ऐसी पीढ़ियां जो अपने अतीत को जानें, अपनी आइडेंटिटी से जुड़ें, और उस जुड़ाव के बाद यह महसूस करें कि अब तक का इतिहास कोई बहुत सुनहरा इतिहास नहीं रहा सोने की चिड़िया जैसा थोपा गया विशेषण दरअसल इस मुल्क में सबके लिए लागू नहीं होता ये मुल्क सबके लिए सोने की चिड़िया नहीं था संविधान बनने के बाद जो लड़ाई गौतम बुद्ध से शुरू हुई थी जिसका एक चरण पूरा होता है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान तक उसके बाद ही तो इसे मुकम्मल मुल्क बनना था और उसकी बुनियाद रची गई थी विश्वविद्यालयों के जरिए कि वो वो अपनी पीढ़ियों को समझाएंगे एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो अपने समाज को जानेगी और जहां वो मुल्क नहीं बना था सबके लिए वैसा मुल्क बनाएंगे लेकिन दिलचस्प है कि जिन संस्थानों के ऊपर जिम्मेदारी थी एक मुल्क को मुकम्मल मुल्क बनाने का वे ही संस्थाएं उन्हीं रूढ़ियों का शिकार नहीं जिनके खिलाफ उन्हें लड़ना और उनमें सबसे बड़ी रूढ़ी थी सामाजिक अन्याय की और 1990 तक इन संस्थानों की दहलीज तक देश के बहुसंख्यक दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक और महिलाएं इस दहलीज तक मुकम्मल रूप से नहीं आ पा रहे थे इस तबके से जो थोड़े से लोग आए रहे होंगे वो अपनी पृष्ठभूमि के लिए इसकी वजह से आ पा रहे वरना ये विश्वविद्यालय सबके लिए सहज नहीं थे और अगर होते तो आज सावित्रीबाई बाई फूले पर कार्यक्रम इतनी छोटी सी जगह पर तो नहीं आयोजित हो सकता था इसके लिए कम से कम कॉन्फ्रेंस सेंटर, सेंटर में हजारों लोग होते तब हम मानते कि हाँ ये विश्वविद्यालय वैसे विश्वविद्यालय है जैसा बनाने का ख्वाब सावित्रीबाई बाई फूले से लेकर के बाबा साहब तक ने देखा क्यों थोड़े से लोग क्यों ये थोड़ा सा एक छोटा सा समूह जैसे छोटा केवल इस अर्थ कह रहा हूं वो काम बहुत बड़े कर रहा है लेकिन उसने पहल की तब सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि वो उन्नीस के पहले कौन सी ताकतें थी जो इनसेकुलर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ही दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए जगह नहीं बना पाई और तब हम इस बात पे विचार करेंगे कि हमने कबूल तो कर लिया था संविधान लेकिन हमने उस संविधान की जो चेतना थी जो संकल्पना थी उसे नहीं कबूला और अगर कबूलते तो राष्ट्र के निर्माता नायकों की सूची में यह नाम दर्ज होता जो गुमनाम न ना होता आज आप देखिए औपचारिकताएं भाई यार कि हम सावित्रीबाई फूले को नमन करें जबकि जिस पर बात करनी है उसी के लिए विश्वविद्यालय तैयार नहीं सोशल जस्टिस किसी भी स्तर पे नहीं भूमिका के साथ मैं कुछ बातें विषय पर रखूंगा जो विषय यहां पर रखा गया है कि बेशक हमारा रास्ता बहुत मुश्किल भरा है उम्मीद कतई नहीं कर रहा हूं कि इस समूह में जितने लोग बैठे हैं ये उस तबके से ताल्लुक रखते होंगे जिस तबके के लिए जिस तबके से सावित्री भाई फूले आल में बैठे हुए लोग उनके विचारों से ताल्लुक रखते होंगे और ये मानते होंगे कि उनके विचारों में कुछ ऐसा है जिसकी जरूरत आज भी इस मुल्क को है और वो यही है कि इस विश्वविद्यालय को ऐसा बनाया जाए जो सबके लिए सहज हो सावित्री भाई फूले का जीवन मतलब अब दूसरी बात मैं यहीं से विषय पर आता हूं उच्च शिक्षा से हम जुड़े हुए हैं क्या हमारे सिलेबस जैसे होने चाहिए वैसे है क्या उस सिलेबस में राष्ट्र निर्माता नायकों नायिकाओं की सूची में यह नाम कहां है या तो औपचारिकता वर्ष कहीं उल्लिखित कर दिए गए हैं या है ही नहीं क्योंकि राष्ट्र को बनाने का ठीका तो कुछ जातियों के लोगों ने रखा था और उन जातियों में भी ताकतवर लोग ने इसलिए इतिहास हमेशा लिखा जाता है सत्ता के द्वारा ताकतवर लोगों के द्वारा वो इतिहास तो लिखा ही नहीं गया वो अभी तक नहीं लिखा गया है जो वाकई इतिहास वरना इस बात का जिक्र, जिस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि लाल बहादुर शास्त्री तैयार करके स्कूल जाते थे क्या उस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि एक लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने की कोशिश में सावित्री बाई को दो साड़ी लेकर के जाना पड़ता था उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे मैला गिराया जाता था बाकी सामाजिक वंचनाएं तो कल्पना नहीं कर सकते। उस मुल्क में आज भी हमने अपनी पीढ़ियों को यह शिक्षा नहीं दी है कि दरअसल तुम्हारे राष्ट्र के नायक ये लोग हैं जिन्होंने शिक्षा का दरवाजा खोला अब वो तो आती थी पिछड़ी जाति से तो वो बनाती अपने विश्वविद्यालय या विद्यालय स्कूल कि के उसमें केवल लड़कियां पढ़ेंगी वो भी पिछड़ी जाती थी क्या उन्होंने ऐसा किया उन्होंने कहा हम उनके लिए शिक्षा का दरवाजा खोल रहे हैं जिनके लिए शिक्षा वंचित थी और उन्होंने सभी लड़कियों के लिए विद्यालय खोले और आप आज भी देखिए सावित्रीबाई बाई फूले को कौन याद कर रहा है कौन अपनी आइडेंटिटी से उन्हें जोड़ता है क्या वाकई कबूल किया इस देश ने नहीं कबूल करते तो 2017-18 तक जा करके ये किताब नहीं आती कितना लिखा है सावित्री बाई फूले ने उनका जीवन कैसा है उनके जीवन परिचय में क्या बातें थी क्या संघर्ष किया उन्होंने कितनी कविताएं लिखी हैं? कितने लेख लिखे हैं कितने पत्र लिखे हैं गांधी जी ने किस किस को पत्र लिखा पूरा मुल्क जाने देश भर के विश्वविद्यालयों में आधा से ज्यादा किताबें सैकड़ों हजारों किताबें लिखी गई और जब आप खोजने बैठेंगे कि सावित्रीबाई ने क्या लिखा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा रजनी की एक किताब मिलेगी जो अभी 2015-16 में आई और ये भी मुकम्मल नहीं है ये तो पहली कोशिश है मैं हिंदी की बात कर रहा हूं उनके उनका काम तो उनकी मूल भाषा में था तब यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि विश्वविद्यालयों के जब टेक्ट बुक ही नहीं है तो आप कल्पना करिए कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में कभी इन्हें पढ़ाया जाएगा क्या ये मुल्क के पाठ्यक्रम में नहीं है न इनकी मुकम्मल जीवनी है न इनका कोई दस्तावेज है बेशक 2014 में जो निजाम बनता है मुल्क का उसने अपनी जीवनी लिखवा ली बाल नरेंद्र के नाम से और वो सिलेबस तक में लगी उनके विचार के लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय की जीवनिया हर सरकारी शैक्षणिक संस्थान में रखना कंपल्सरी ये क्या उस विचार में नहीं आके और दूसरी तरफ लड़कियों के लिए विद्यालय चुनना चुनना होगा तो इस तो को क्या है? है। तय करना पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आज भी हम बेशक खुश हो ले कि बिना किसी जोखिम के हम यहां बैठे हैं हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होने वाला है हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाने वाला क्योंकि आज वो जान गए हैं कि इस मुल्क ने सावित्रीबाई बाई फुले को कबूल नहीं किया लेकिन जिनके लिए सावित्रीबाई बाई फूले ने लड़ाई लड़ी थी वे पीढ़ी सजग होकर के विश्वविद्यालय की दहलीज पर आ गई है और अब वह आपके इस दहलीज पर पूरी दमदारी से ऐसे पोस्टर लगाएगी और विषय रखेगी कि सावित्रीबाई बाई फूले का सपनों का भारत ये बहुत, बहुत, बहुत, बहुत, बहुत, बहुत <सवित्ति> लेकिन यह लड़ाई अभी शुरू हुई अभी हमें पूरे देश के पाठ्यक्रमों पर नजर रखनी है पूरे देश के शैक्षणिक जो भी एकेडमिक पूरा प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस में ये लोग नहीं है अब इस पीढ़ी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने साथ की पीढ़ी को भी सचेत करे जो शायद मंदिर बनवाने वाले आंदोलन में कहीं गुम होने के लिए बेताब है उसे पकड़ करके कहे कि ये स्कूलों की लड़ाई लड़ने वाली सावित्री बाई के साथ चलना होगा ज्योतिबा फूले के साथ चल रहा था तो एक जिम्मेदारी तो इस पीढ़ी के के ऊपर कि अपने साथियों बीच बहसों में हमें ले जाना अनौपचारिक जगहों पर क्या सावित्री बाई फूले पर आज भी कोई बहस हुई क्या आज आपने दिन भर कोई बहस सुनी क्या अपनी मित्रता सूची में कहीं देखा क्या लेकिन उसके बाद जब हम निकले यहां से तो हमें ये पता हो कि उन लोगों के ऊपर तो इतने जोखिम थे कि आप इस किताब की जीवनी पढ़िएगा तमाम बातें तो मैं छोड़ रहा हूं मैं कंटेम्प्रेरी पर बात कर रहा हूँ आप जीवनी पड़िएगा और कल्पना करिए कि हमारे ऊपर तो कोई जोखिम नहीं है हम इसी विश्वविद्यालय में 2006 से यूथ फॉर सोशल जस्टिस नारा लगा रहा है पिछले चार साल से हम लोग नारा लगा रहे हैं जय भीम जय बिर जय सावित्री जय मंडल और हमारे ऊपर हमले करने की स्थिति अब उनकी नहीं है जै क्योंकि उनको जितना हमला करना था कर चुके सैकड़ों साल तक किया हजारों साल तक किया लेकिन आप कितना दिन तक किसी को दबा पाते और वो आज दो कदम पीछे हैं और आपके ऊपर ये मौका है ये जिम्मेदारी है कि इस बहसों को इस छोटे से कमरे से निकाल करके ले चलना है अकेडमिया में उस डिस्कोर्स को ले चलना है चाहे कि दुकानों में जहा बैठ करके चर्चा होती है कि मंदिर अब भी नहीं बना क्या होगा वहां बैठ करके चर्चा होनी चाहिए कि ये जो तुम स्कूल जा रहे हो तुम्हारी मुक्ति का रास्ता सावित्रीबाई बाई फूले जैसे लोगों ने खोला था। और तब एक छोटी सी कविता में सावित्रीबाई बाई फूले की आपसे साझा करता हूं और भी वक्ता है जो बातें रह जाएंगी ये लोग बोलेंगे मैं कुछ कुछ बिंदुओं पर इशारा बस कर रहा हूं अज्ञानता एक ही दुश्मन अपना खदेड़ दे उसे हम सब मिलकर उससे ज्यादा खतरनाक न कोई खोजो खोजो मन के भीतर झांको यह मूल रचना से हिंदी तर्जुमा किया गया है एक ही दुश्मन अपना खदेड़ दे उसे हम सब मिलकर उससे ज्यादा खतरनाक न कोई खोजो खोजो मन के भीतर झांको बताओ तो खोजा क्या अपना दुश्मन खोजो तो कहां है वह हमारा दुश्मन सोचो सोचो बताओ बच्चों क्या नाम है उसका नहीं पता कौन है दुश्मन क्या तुमने प्रयास किया क्या तुम्हारा प्रयास विफल हुआ क्या तुमने खुद ही मान ली हार चलो चलो मैं बताती हूं उस दुष्ट खतरनाक दुश्मन की पहचान ध्यान से सुनो उस दुश्मन का नाम उस दुश्मन को कहते हैं अज्ञान चलो पकड़ो अज्ञान को पकड़ कर इस दुश्मन की करो ठुकाई करो इतनी पिटाई कि फिर वापस न आए मार कर इसको दूर भगाओ चलाए ना ये अपनी कोई चतुराई आओ मिलकर अज्ञानता को दूर भगा कविता की तर्ज पर यह थोड़ी कमजोर कविता है लेकिन क्या हिंदी साहित्य इतिहास में कमजोर कविताएं नहीं पढ़ाई अपनी क्या अरे उस मुल्क में जिस मुल्क को शिक्षा दिवस मनाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़ा जिसकी जिसके तक चोरी के आरोप में है जिस, जिस ज्ञान की देवी एक मिथकीय चरित्र है जिनका कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं है कब पैदा हो कब कब उनका देश काल रहा उमा सरस्वती उस मुल्क में ज्ञान की देवी का ये अपमान अब भी हो रहा है और इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा यह आज के हमारे समय की जरूरत है दूसरी बात आप जीवनी पढ़े जब इस पूरी किताब को जब सुरेंद्र जी का फोन आया कि आपको बोलना है दरअसल उन विषयों पर बोलना सबसे मुश्किल होता है जिन विषयों के अभी भी आप अध्येता ही हैं तो इसलिए मैं बिना किसी आ, उ, उस, मैं कुर्सी पर उधर हूं यही मान के चलिए जो मैंने पढ़ा जो समझा वही साझा कर रहा जीवनी मैंने पढ़ी फिर से दो दिन इस किताब को पढ़ा आप विश्वास नहीं करेंगे इस जीवनी ने मुझे आगे पढ़ने के लिए कई बार रोका और तब मैं फिर से वापस आ रहा हूं कि जो जोखिम सावित्री बाई फूले जैसे लोगों ने उठाया घर से निकाल दिया पूरे समाज में तिरस्कार मिला सबसे लड़ते रहे और लड़ने के बाद एक जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला था और स्कूल खोलने के समय भी क्या वो स्वीकार कर लिया गया क्या वो हमला तब भी जाएगा और निजी जीवन जब आप पढ़ेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि एक छोटा सा वाक्या इनके जीवनी में जुड़ा हुआ है कि वो ज्योतिबा फूले को पत्र लिखती है और पत्र में ये दर्ज कर रहे हैं कि एक बड़ा खतरनाक भयावह वाक्य हमारे गांव में हुआ है एक लड़की जिसके साथ एक पुजारी ने धोखा देकर के बलात्कार कर दिया पूरा गांव उस लड़की के ऊपर हमला कर रहा और उसको मारता है और उसको देश गांव से निकाल दिया और जिस समय वो पीट रहे थे वो लिखती है कि मैं बगल से गुजर रही थी और दौड़ के जाकर के सामने खड़ी हो जाती हूँ और उनकी जान बचाती हूँ वो दोनों आकर के मेरे पैरों पर गिर जाते हैं कि आप न रहते तो ये हमें मार डाल यानी ऐसा नहीं है कि इस वर्तमान के के के तो सदियों से होती रही और वो मॉब लिंचिंग का केस यहां पर देखता है और तब वो पत्र लिखती है कि हमने चुपके से तुम्हारा एड्रेस इन्हें दिया है तुम तो इन्हे रहने के लिए ठिकाना दे देना यह थी सावित्री बाई फूले हम तो केवल ये जानते हैं अभी जो जानना शुरू किए तो एक विद्यालय के नाते जानते हैं जो कि सबसे बुनियादी जरूरत दूसरा वाक उसी समय का है कि चार छह महिलाएं जो दलित घरों की थी वो समर्ण महिलाओं के सामने जो कुएं की जगत पर खड़ी हैं, उनसे कह रही हैं कि हमें पीने के लिए पानी दे दो वो रो रही है वो पानी मांग रही है यानी एक प्राकृतिक संपदा यानी मनुष्य होने के नाते इस प्रकृति पर जितना हक सबका है उतना उनका भी था लेकिन उस पानी और उस महिला के बीच अगर कोई चीज एक व्यवधान बन के खड़ी थी तो वो क्या थी वो जाति थी क्योंकि पानी लेकर के जो कब्जा जमाए हुए महिलाएं हंस रही थी वो भी आइडेंटिटी में महिला थी लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया और तब सावित्रीबाई बाई फूले लेती है कि मैंने उन सबको बुलाया और अपने घर ले जाकर एक छोटा सा उनके घर के भीतर तालाब बना था उन्होंने कहा यह तालाब ऐसे तुम्हारा है जितना चाहे उतना पानी ले कल्पना करिए ये लोग भारत राष्ट्र के निर्माताओं में कहीं है ही नहीं राष्ट्र किसने बनाया ये आप तय करिए तीसरी बात की आज भी सावित्री बाई फूले या इस तरह के जितनी भी कोशिशें हुई हैं उन कोशिशों को इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं किया गया क्योंकि उन कोशिशों के ज्यादा कोशिश इस बात पे हुई सबको पता चाहिए कि स्कूल खोला है छोटी सी इमारत है इमारत गिर जाएगी उसमें पढ़ने वाले बच्चे शायद इसी समाज में आएंगे तो भूल जाएंगे उसके लिए किसने विद्यालय खोला लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी नींव वो रख रही है जिसकी बुनियाद रच रही है जो कभी मरेगी नहीं वो था विचार कि लड़कियां भी इस मुल्क में पढ़ेंगी और वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगी और वो विचार वो विचार जिंदा है नहीं पता स्कूल की इमारत आज कहां है नहीं पता कि उनके स्कूल के शुरुआती बच्चे कौन थे वो लड़कियां कौन थी लेकिन वो विचार आज हमारे बीच में इसलिए जो तब उनके खिलाफ खड़े थे उनके नाम बदल गए उनकी पहचान बदल गई लेकिन वो आज भी नए चेहरे के साथ नई आइडेंटिटी के साथ और ताकत से आपके सामने खड़े हैं आपको उनसे लड़ना है तो लड़ने के हथियार हाँ हमारे पास क्या हैं? हम क्या हम भी पॉप लिंचिंग करेंगे नहीं हम फिर से ऐसी किताबों को पढ़ेंगे और जब कार्यक्रम में जाएंगे तो आपको ये अच्छा लगा कि फूलों का गुलदस्ता जो कल मुरझा जाता वो नहीं मिला ये विचार मिला है जो हमें इसलिए हम इस, इस पूरी मुहिम को लड़ने के लिए एकजुट हुए कि आज दो चीजें हैं दो चीजों पर मैं अपनी बात कहूंगा जहां से बात शुरू की थी कि फिर से सोचिए कि सत्तर साल इस आजाद मुल्क ने संविधान को लागू करने के लिए दिया लेकिन आज भी जब उसके शैक्षणिक संस्थानों में भी कोई सामाजिक समरसता समरसता तो बहुत खतरनाक शब्द है इससे बच के रही अच्छा हुआ सिद्ध आ गया क्योंकि जो विचार आपको मारने वाला है वो ये कहता है कि तुम दलित हो दलित बने रहो हम समर्ण है समर्ण बने रहेंगे हम समरस रहेंगे एक साथ रहेंगे लेकिन तुम्हारा हक तुम्हें कभी नहीं देंगे इसलिए सबसे खतरनाक विचार है सामाजिक समरसता हमें सामाजिक न्याय की बात करनी है कि हमारा हक जिस पे है हमारा जल जंगल जमीन हमारे ज्ञान के प्रतिष्ठान वो हमें चाहिए बाकी हम तो अपनी काबिलियत से लोहा ले लेंगे तब हमें ये सोचना होगा कि इस मुल्क को बनाने के रास्ते अभी भी वही दो हैं जिसमें अकादमिक संस्थानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैं अपनी कक्षाओं में जब भी आज मेरी कक्षा थी और आज तीन अलग अलग बैच में करीब दो बच्चे थे और मैंने आज भी हाथ उठवाया कि आज किसी एक शख्सियत का जन्मदिन है क्या दो चार बच्चे मिले जिन्होंने हाथ उठाया आप विश्वास नहीं करेंगे दस साल पहले जब शुरू किया था तो एक भी हाथ नहीं उठते थे <laughs> कुछ चीजें तो बदल बदलती लेकिन लड़ाई हमें ये लड़नी है कि सावित्रीबाई बाई फूले के सपनों का भारत कोई अलग भारत नहीं है वो इसी भारत को मुकम्मल बनाने का भारत का स्वप्न है उस स्वप्न की बुनियाद यह है कि आप उनकी लिखी हुई चीजें सिलेबस तक आने दीजिए आपके सामने जब वो इंटरव्यू देने आता है कोई विद्यार्थी तो आप उसकी जाति मत पूछिए फिर आप उसकी मेरिट का एग्जाम लीजिए आप उसकी आइडेंटिटी मत देखें ये हमें इस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बनाना जो नहीं है और अभी हम लोग उच्च शिक्षा को बचाने की लड़ाई अभी मैं धरने से आ रहा हूं और उस धरने में किस बात के लिए लड़ रहे थे हम लोग दो चीजों के पूरी को प्राइवेटाइज़ किया आ रही थी और आपसे बर्दाश्त नहीं हो और दूसरी तरफ उन्नीस सौ नब्बे के बाद जब नई आर्थिक नीतियां आई तो जिन संस्थानों को पब्लिक फंडेड होना था क्योंकि हमारे पूर्व तो अपना वजूद बचाने में ही खप गए हम पहली व्यवस्थित पीढ़ी हैं जो मैं अपने पूरे इलाके का पहला व्यक्ति हूं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी लिया और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं और आज तक नौकरी परमानेंट नहीं हुई क्योंकि अब वो जानते हैं कि जब एक को परमानेंट कर दिया तो दरअसल ये तो विचार की तरफ फैलेगा कल सौ आएंगे परसों हजार आएंगे एक दिन इस पूरे मुल्क एक एक संसाधन पर कब्जा करेंगे और कहेंगे हमारे पुरखों ने इस मुल्क को बनाया था अब हम इसके शासक होंगे इससे उनको डरा इसलिए उस पूरे संस्थान को एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को प्राइमरी स्कूल को तो पहले बर्बाद कर दिया और आज आप अपने तो तो गांव में जाकर देखिए कि प्राइमरी स्कूल में किनके घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनके जातियां पहचानों को निकालिए तब आपको पता चलेगा उन स्कूलों को क्यों बर्बाद किया जाए और आज विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जाए तो हमारी लड़ाई इस पूरे तंत्र के खिलाफ है इनको बचाने की लड़ाई है और उच्च शिक्षा में हमारी लड़ाई अपने वजूद के साथ सिलेबस तक में शामिल किए जाने की हम इंतजार करते रहे कि कोई ओम प्रकाश वाल्मीकि आएगा तभी जूठन लिखी जाएगी आपको पूरे ब्रह्मांड के बचाने की चिंता है लेकिन आपको अपने घर की महिलाओं की चिंता नहीं होगी महिलाओं के लिए अलग मूवमेंट खड़ा करना पड़ा दलित जब साहित्य में आया समाज में आया तो उसे अलग आइडेंटिटी के साथ आना पड़ा ओबीसी आए तो अलग आइडेंटिटी के साथ आदिवासी आए तो अलग आइडेंटिटी के साथ इसलिए अब हमें इस सिलेबस की लड़ाई अभी कंसाइलिया निकाल दिया पाठ्यक्रम से कि नफरत फैला रहे हैं तो हमें इसके खिलाफ लड़ना है कि नफरत तो तुम फैलाते थे बस तुम उसे मान होता कि कलेवर में रख करके शोषण किए हम उसके लिए कह रहे हैं कि सावित्री बाई फूले हमारे पाठ्यक्रम में ये लड़ाई लड़नी है और दूसरी लड़ाई यही है कि हम हमारी पीढ़ी के ऊपर वो जिम्मेदारी है क्योंकि हम और थोड़े से लोग हैं जो यहाँ तक आए हैं क्योंकि आज भी हमारी उम्र के हमारे ही पहचान लिए हुए लोग आज भी गांव में अपना वजूद बचाने के लिए दो जून की रोटी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं और उनमें से हम थोड़े से लोग हैं जो इस सेमिनार हॉल में बैठकर के बातचीत कर रहे हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इस विचारों की आग को जो यहां से चली थी अब उसे और मजबूत करके गांव तक ले चलना है तब जाकर के उनके सपनों का भारत बनेगा और तब जाकर के सावित्रीबाई बाई फूले का वो ख्वाब पूरा होगा जब उनके स्कूलों में हर पहचान के बच्चे होंगे शिक्षकों में हर पहचान के लोग होंगे और उनके सिलेबस में जितनी जगह गांधी और तमाम लोगों को मिलेगी उतनी जगह मेडकर को मिलेगी और माँ सरस्वती की पूजा करने वाले लोग सावित्रीबाई बाई फूले को पूजा मत करो हम तो ये भी कहते हैं पूजा मत करो पढ़ने तो दो, दो कि की ज्ञान की देवी